आज हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर देखते हैं। किए बिना निम्नलिखित के मान ज्ञात सौ प्लस पांच इंटू एक सौ छे को लिख सकते हैं सौ प्लस छक्वायर प्लस पाँच प्लस छ Into plus into इसको इसको करने करने करने के करने के के बाद बाद बाद ये ये आएगा और इसको करने के ये। लास्ट में फाइनली सबको ऐड करके यही इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक सौ तीन गुना अंठानवे 103 को हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस तीन और अंठानवे को हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस दो अब इसको बाकी हम फार्मूला पे पुट कर देते हैं और 100 का स्क्वायर प्लस ए के जगह पर 3 और b के जगह पर माइनस दो इंटू एक्स के जगह पर है हंड्रेड टू तो हंड्रेड कर देंगे प्लस a इंटू बी सो so, करेंगे सौ का स्क्वायर दस हजार होगा थ्री माइनस टू इंटू हंड्रेड हंड्रेड होगा थ्री इंटू माइनस टू माइनस सिक्स होगा सोल्व करके आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर हम लोग चलते हैं नाइन्टी सेवन इंटू नाइन्टी एट नाइन्टी सेवन को हम लोग लिख सकते हैं हंड्रेड माइनस थ्री और नाइन्टी को लिख सकते हैं हंड्रेड माइनस टू का स्क्वायर प्लस ए माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी और इसको सोल्व करके वापस हम लिख देंगे माइनस माइनस प्लस इंटू हंड्रेड माइनस फाइव हंड्रेड माइनस माइनस प्लस ये हो गया सिक्स ये इसका आंसर रहा क्वेश्चन नंबर तीन हम लोग देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इस फॉर्मूला पे इसको हम लोग पुट करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे ए के जगह पर थ्री ए बी के जगह पर फोर बी और सी की जगह पर फाइव सी इस फॉर्मूला पे हम लोग सबका वैल्यू पुट कर देते हैं ए टू इंटू थ्री ए इंटू फोर बी प्लस टू इंटू फोर बी इंटू फाइव प्लस में 2 इंटू फाइव सी इंटू और हम लोग सबको सोल्व कर देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं इसका इसका फॉर्मूला ये रहा a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस टू बी इसको हम लोग इस फार्मूला पे रख देते हैं फोर ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस टू बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस थ्री सी का होल स्क्वायर माइनस टू ए पी प्लस टू बी सी प्लस माइनस टू सी ए सोल्व so, करने के बाद हमारा आंसर आएगा 4a का स्क्वायर सोलह ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2b का square, square, का स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर 4b 3c 9c 2 2 4 8 16 प्लस दो तू बारह 12 bc माइनस तीन दोनों छो चौबीस सी ए ये आपका आंसर रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड है टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इसको हम इस फॉर्मूला पे रखेंगे और इसको इसका वैल्यू निकालेंगे ए की जगह पर टू एक्स बी की जगह पर माइनस वाई और c की जगह पर z है ठीक है टू एक्स का होल स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर प्लस का होल माइनस टू माइनस टू प्लस टू ए इसको वापस हम लोग सोल्व करके लिखते हैं फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई माइनस टू वाई जेड प्लस फोर जेड एक्स इसका देखते हैं हम लोग टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए इसका यह आंसर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3 into 3 9y स्क्वायर प्लस z into z z स्क्वायर दो दोन चार तीन बारह x y तीन दोन छः y z प्लस दो दोन चार z x प्रश्न नंबर फाइव देखते हैं a बटा 3 माइनस b by 2 प्लस 2 का बल स्क्वायर ये पूरे को होल स्क्वायर है अब इसको देखते हैं, ये बटा वाला है एक देख लेते हैं थोड़ा तो सा इसे ए बाई थ्री का होल स्क्वायर प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर 2 का है। ए स्क्वायर, माइनस 2ab, बी सी प्लस टू सी ए का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर बाई नाइन बी का करेंगे तो बी स्क्वायर बाई फोर प्लस फोर माइनस ए बी टू टू यहाँ कैंसिल हो जाएगा माइनस टू बी प्लस फोर ए बाई थ्री ठीक है हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं माइनस ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इस हम लोग तोड़ते हैं तो आप कोई सारी फॉर्मूला लगा सकते हैं खुद से भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी प्लस टू सी एसको हम लोग वापस तोड़ेंगे तो इसका आंसर इतना आएगा ठीक है थैंक